साथे म्यूजिक ज्ञान स्टूडियो रचबम जी बहू जल बच रानी बहू के सतरनिया गे मजई बहू एक साथे रनियाेवर की नहू बोलबा मजी बहू एक साथ रनिया से साथ ले वर की नऊ बोलबा मी बउे के साथ रनिया गे कावरतीन बऊ बोलबा जी जंदर के साथ में चल गए गे, गे।, गे। संतु जी जेंदर के पहाड़ के साथ में चल गए गे भाई भाई एक के साथ आगे। भाई भाई एक के साथ आगे। एन एस स्टूडियो रे चली